mere sapal mere sapal aaj ye chale tu chale dikh dik idid idid jaldi tujh ke deriya nazdeek ghuzre honge guzri jo tu ehsaas de Don't stop me.